गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स जैसा कि कल हमने आपसे कहा था कि हम शहीद आजम भगत सिंह जी की जो जेल की डायरी है उसको आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और आप सब जानते हैं देश का जो युवा वर्ग है वो चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के समय का रहा हो या स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में रहा हो या वर्तमान में हो हर काल में हर समय में भगत सिंह हर युवा के मन में बसे हुए एक नायक के रूप में रहे हैं और भगत सिंह जी ने जो सपना युवाओं के लिए देखा उसको हर युवा आज भी उसी तरीके से देखता है पर जिस उम्र में शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी जो कुर्बानी दी और कुर्बानी दे कर के देश की जो आज़ादी के समय जो सोए हुए लोग थे सोए हुए युवा थे या सोई हुई सरकार थी सोए हुए हुक्मरान थे उन सबको जगाने के लिए लाहौर में एक बम फोड़ा और उसमें उनके साथियों के साथ बाद में उनको अरेस्ट किया गया आप सब जानते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जी का जो सम्मान उस समय जो था आज भी उतना ही सम्मान बरकरार है पर ये जो सम्मान है वो युवाओं में तो उतना ही बरकरार है पर अगर हम देखें तो सत्ता के गलियारे उस समय के हो या इस समय के या बीच के दौर में जो सरकारें आई हुक्मरान जो आए उन्होंने भगत सिंह जी के साथ न्याय नहीं किया और मैं आज आपके सामने जो जेल डायरी का जो ये व्याख्यान लेकर के आया हूँ उसके पीछे भी ये लगभग लगभग यही कहानी है जैसे मैंने एक दिन आपको पहले कहा था जब हमने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक लाइव किया था तो जो बाबा साहब के साथ हुआ वही जैसा लगभग लगभग भगत सिंह जी के साथ भी हुआ और भगत सिंह जी को उनकी जो शहादत है उनका जो शहीदी जो उनकी जो शहीद हुए उसके बाद भगत सिंह को उतना सम्मान नहीं दिया गया इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो मैं आपको एक व्याख्यान में तो नहीं बात कर सकता पर भगत सिंह जी की जो डायरी की जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जो डायरी है उस जेल की डायरी को आप सब जानते हैं जेल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो साल नहीं सदियों तक सुरक्षित रहते हैं और जब वो जेल की डायरी सुरक्षित थी तो सरकार ने अपनी तरफ से उसको प्रकाशित करने का काम अपने हाथों में जो लेना चाहिए था वो नहीं लिया और वो क्यों नहीं लिया ये तो आप बखूबी जानते हैं कि सरकारों की जो उदासीनता है वो जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक है उसमें कुछ एक को छोड़कर के अधिकांश के प्रति आज भी सरकारें उदासीन हैं उनके परिजन उदासीन हैं और मैं तो, तो केवल स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं है आज भी जो हमारे जो जवान जो शहीद हो रहे हैं उनके परिवारों के साथ क्या बीतती है जब वो शहीद होते हैं तो शहीद होने के बाद जब जैसे ही उनकी देह उनके पैतृक गांवों में या जगहों पर आती है तो कुछ लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए शायद वहाँ पहुँच जाते हैं और अधिकांशतः ये देखा गया है कि उनके परिवारों की कोई भी बाद में कोई उसको देखने वाला शायद नहीं होता है ऐसे आपको सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जो इस देश की जो असली जो चेहरा है इस देश का जो हुक्मराना का जो असली जो चेहरा है वो आप हम सब के सामने आता रहता है पर अगर सब सच में देखा जाए तो इस देश के जो युवा हैं उनमें भी एक तरह की उदासीनता अब घर कर रही है उन युवाओं को देश का जो अधिकांश युवा है उसको शिक्षा का उतने अवसर नहीं दिए जा रहे बल्कि शिक्षा के उनको से दूर करके शिक्षा उनसे छीन करके उनको एक तरीके से धर्मभीरू बनाया जा रहा है आप सब जानते हैं कि भगत सिंह जी ने जो है अपने जितने भी जो अपना जो साहित्य है जिसकी आज हम एक बात करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें जो कही हैं कि वो किस तरह धर्म के खिलाफ थे और उन्होंने एक बहुत चर्चित एक लेख लिखा जो आज के हर युवाओं को पढ़ना चाहिए मैंने कल सोशल मीडिया पे ये जो पोस्ट डाली थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें से मैंने पूछा भाई जेल भगत सिंह जी की जेल की जो डायरी है आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है मुझे दो या तीन कमेंट्स ऐसे मिले जिन्होंने कहा मैंने हमने मैं नाश्ते क्यों हूँ पढ़ी है वो जेल की डायरी है। वो जेल की डायरी नहीं है पर वो जेल की डायरी का एक अंश है जो उन्होंने बाद में जा कर के उसका उसमें जिक्र किया जेल की डायरी जो भगत सिंह जी की है वो लगभग 400 सौ तीन पन्नों की डायरी है और उस डायरी को के एक एक पन्ने पे जो भगत सिंह जी ने उस समय जो लिखा है उसको आप अगर देखेंगे हम देखेंगे तो हम उसमें पाएंगे कि भगत सिंह जी का जो क्रांतिकारी जो स्वरूप था उसके साथ साथ उनका जो दार्शनिक जो स्वरूप था वो भी डायरी के उन पन्नों में बखूबी दर्ज हुआ है और आप देखेंगे उसमें कि भगत सिंह जी ने जो अपने जो डायरी के जो लिखी उस डायरी को भारत सरकार ने आज तक पब्लिश नहीं किया पर आपको ये बता दूँ राजस्थान के युवाओं का ये सौभाग्य है कि उसका जो पहला जो प्रकाशन हुआ वो जयपुर से ही हुआ और जयपुर में किन्होंने किया है उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा पर मैं आपके सामने जो बातचीत कहना चाहता हूँ बातचीत जो रखना चाहता हूँ वो यही है कि हम एक एक डायरी का, का जो प्रश्न है उन प्रस्टों पर जो भग, भगत सिंह जी ने जो लिखा है उस के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके पीछे का एक उद्देश्य जो है वो यही है कि जो देश का जो युवा है वो युवा भगत सिंह को अपना नायक तो मानता है पर भगत सिंह के बारे में शायद उनकी डायरी जेल डायरी के बारे में उतना नहीं जानता कि कोई जेल डायरी थी भी या थी तो उसमें क्या था या वो प्रकाशित हुई थी या नहीं हुई थी हुई थी तो कब हुई थी ये सारे जो सवाल हैं उनको उनकी तह में जाकर के हम आपके सामने उसको लाने की कोशिश करेंगे तो मैं अपन अपने इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आपसे यही कहूँगा कि हमने आज का जो शीर्षक दिया है वो शीर्षक यही दिया है कि भगत सिंह जी की जो जेल की जो डायरी है उसमें वो इतनी रेयर है इतनी दुर्बल है इतनी यूनिक है कि उसके बारे में जितना लिखा जाए जितना पढ़ा जाए जितना उसको प्रचारित किया जाए उतना ही कम है और ये जो भगत सिंह जी की जो जेल की जो डायरी है उसको हमने देखिए चार पन्ने की जो डायरी है उसको एक बार में तो नहीं लाया जा सकता है हम उनके किस्तों में मतलब पार्ट्स में कुछ हिस्सों में उसको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको वो अगर पसंद आती है तो आप हमें कमेंट्स करके उसके बारे में बताइएगा कि आपको वो पसंद आ रही है तो हम उसकी जो है एपिसोड के रूप में उसके पार्ट्स के रूप में आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे आप जानते हैं जो भगत सिंह जी की जो डायरी है ये डायरी का जो पहला पन्ना है उसमें उसका जो शीर्षक है वो यही दिया हुआ है शहीद आजम की जेल की नोटबुक और शहीद आजम भगत सिंह जी की जो जेल की डायरी है ये उसी का हम जिक्र कर रहे हैं इसमें ये भी लिखा हुआ है कि भगत सिंह जी के द्वारा जो जेल में जो रहे वो उन्नीस से लेकर के उन्नीस के अध्ययन में किए गए नोट्स और उसके उदाहरण हैं हम इस पर जब व्यापक रूप से जब चर्चा करते हैं तो पहले जो प्रश्न में उसके शीर्षक पर हम पाते हैं तो पहला जो प्रश्न है उसको हमने मैंने आपको बताया कि हम एक एक प्रश्न पर उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे तो पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है या उसके बारे में हम उसकी जो लिखने के पीछे की जो मनसा है जो भाव है उसमें क्या है तो हम ये एक संक्षिप्त रूप में इसको देख सकते हैं कि अगर हम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह द्वारा जेल में लिखी हुई उनकी डायरी को पढ़ें तो हमें एहसास होगा कि भगत सिंह न केवल एक पाठक विचारक बल्कि एक बेहतरीन कवि और लेखक भी हैं लेखक भी थे तो अब तक ये देखा गया है कि भगत सिंह जी को जो है केवल क्रांतिकारी माना गया है पर जितने बड़े वो दार्शनिक हैं जितने बड़े वो लेखक हैं उनके बीच में डायरी में जो प, प, प, कई सारे जो पन्ने हैं उनके जो कवि होने का जो एहसास हमें कराते हैं और जिन लोगों ने भगत सिंह जी के ऊपर काम किया है तो जो बहुत बड़े बड़े जो कवि हुए हैं चाहे वो किट्स हुए हो, चाहे वो से दूसरे उसके कॉलरेज हुए हों इस तरह के जो बड़े जो उस दौरान उस समय के जो पोइट्स और कवि हुए हैं उनके समकक्ष लोग उनको रखते हैं भगत सिंह से जी से जुड़ा हुआ जो दूसरा जो तथ्य है वो ये है कि मात्र 19 साल की उम्र में देश सेवा के लिए घर छोड़कर निकलते हैं और भगत सिंह ने एक चिट्ठी में उस समय एक चिट्ठी लिखी थी जब वो 19 वर्ष के थे 19 वर्ष के समय में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने चिट्ठी में कहा था कि मेरा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित है और वह है देश की स्वतंत्रता मतलब जो उन्होंने जो अपना जो लक्ष्य तय किया था जो उन्होंने अपने जीवन का जो उद्देश्य तय किया था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक था देश को उस समय स्वतंत्र करवाना इसकी इसलिए कोई भी आराम या सांसारिक सुझे मुझ, सुख मुझे नहीं लुभाता तो उन्होंने उसके बारे में कहा कि भाई मेरा जो पहला और आखिरी जो जीवन का जो उद्देश्य है वो देश की स्वतंत्रता है और इसी वजह से मुझे जो सांसारिक सुख और दूसरी जो चीज़ें हैं जीवन से जुड़ी हुई वो मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितनी मुझे देश की स्वतंत्रता दिलाने का मेरे मन में लक्ष्य है तो आप देखेंगे और पाएंगे कि जो दूसरा जो प्रश्न है जो डायरी का उसमें टाइटल पेज के बारे में लिखा हुआ है और इसमें उसकी जो डायरी का जो है वो संक्षिप्त विवरण लिखा हुआ है कि उस डायरी में क्या क्या उन्होंने लिखा और क्या क्या उसका स्वरूप था आपको हम ये बता दें कि वो डायरी जो है वो 404 सौ पृष्ठों की है और उसमें नीचे ये हस्ताक्षर किए गए हैं उस समय और आज भी जो है वो जेल के जो मैन्यूल्स हैं जेल के जो नियम हैं उसमें ये कहा गया है और कहा वर्णित है कि जब कोई भी कैदी जेल में जाता है तो वो अपनी इच्छा से कुछ लिख पढ़ सकता है पर जब अगर वो लिख पढ़ सकता है तो वो जो लिखने के लिए जो नोटबुक मांगता है या डायरी मांगता है या लिखने के जो पन्ने मांगता है तो उसका वो जो जेलर है उस समय भी यही नियम था आज भी यही नियम है तो वो उसके पहले और आखिरी पन्ने पर उस कैदी के जो जेल में होता है जिस जिसने डिमांड की है उसके और जो जेलर वहाँ अपॉइंट होता है उसके दोनों के अस्ताक्षर होते हैं और उसमें ये लिखा जाता है कि ये इसमें कितने पन्ने हैं और हर पन्ने पे जो है उस पर उसकी नंबरिंग की जाती है तो वो जो पन्ने थे वो चार सौ चार पन्ने उनको उस टाइम पे दिए गए थे और उसमें जो तिथि जो दी गई है वो बारह सितंबर उन्नीस की दी गई है बारह सितंबर उन्नीस को भगत सिंह जी को जो है जेल में डायरी उपलब्ध करवाई गई थी उनकी मांग के आधार पर उसमें यह प्रविष्टि जेल अधिकारियों द्वारा भगत सिंह को कॉपी देते समय की गई है नीचे भगत सिंह के दो पूरे हस्ताक्षर हैं और दो लघु हस्ताक्षर हैं उसके अभी अभी हम आपको आगे वाली स्लाइड्स में दिखाएंगे कि उनके हस्ताक्षर का जो है वो किस तरह का जो स्वरूप था वो भी एक बहुत रोचक और दिलचस्प बात है प्रश्न के ऊपर ही दाएं किनारे पर अंग्रेजी में भगत सिंह का नाम लिखा हुआ है आप अभी अब अगले की स्लाइड में हम दिखाएंगे। जैन मैनुअल्स और नियमावली के आधार पर जानकर जानते होंगे जब भी कोई कैदी लिखने के लिए कॉपी मांगता है तो जेल अधिकारियों को कॉपी के शुरू और अंत में लिख, आ, ऐसा लिखना होता है कैदी को भी प्राप्त करते समय हस्ताक्षर करना होता है भगत सिंह के हस्ताक्षर अंग्रेजी में टाइटल पेज पर मौजूद है और 12 सितंबर उन्नीस की तिथि के साथ कॉपी के अंत में भी नोटबुक की जो डुप्लीकेट अस्थलिखित कॉपी है वो जीवी कुमार हुजा को गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से मिली थी उसमें नीचे बाएं कोने पर अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है प्रतिलिपि सईद भगत सिंह के भतीजे अभय कुमार सिंह द्वारा तैयार की गई है नोटबुक आम स्कूली कॉपी के आकार की थी और लगभग छः पॉइंट पिछहत्तर इंटू आठ पॉइंट पचास इंच या कहें कि उसको सत्रह पॉइंट पचास इंटू इक्कीस सेंटीमीटर की कॉपी उसका साइज़ था तो ये जो है उनकी जो है जो नोटबुक है उसके बारे में प्राइमरी जो जानकारी है वो वो ये उपलब्ध होती है हमको और उसमें उस समय की जो अगर हम साथ, साथ भगत सिंह जी के बारे में क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में अपने इनिशियल स्टेटमेंट में अपनी बात कही कि भगत सिंह जी को जो है आज का जो युवा अपना नायक तो मानता है पर उसके बारे में शायद जानता कम है तो इसीलिए हमने उसमें साथ साथ आपको कुछ संक्षिप्त परिचय भगत सिंह जी का देने की कम कोशिश कर रहे हैं उसको भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं उसमें सच पूछो तो जी हाँ देश के लिए खुद को कुर्बान कर देने की कसम खा चुके भगत सिंह ने बहुत कम उम्र में शादी से बचने के लिए घर छोड़ दिया था घर वाले भगत सिंह जी की शादी करना चाहते थे और उन्होंने जो है शादी को नकार करके शादी को छोड़ करके और उसके क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना आप ये भी जानते हैं कि भगत सिंह जी का जो जन्म है वो अट्ठाईस सितम्बर को पंजाब के लायलपुर के पाकिस्तान में हुआ था उन्नीस में भगत सिंह को अन्य स्वतंत्रता सेनानियों जैसे राजगुरु सुखदेव के साथ लाहौर साजिश के मामले में मौत की सुझाव सुनाई गई थी यहाँ पर भी एक एक बहुत बहुत दिलचस्प पहलू है जिस पर हम कभी बाद में चर्चा कर सकते हैं और वो पहलू ये है कि आ, आप अगर उस समय के साहित्य पढ़ेंगे या उनके बारे में जो रिसर्च हुई है वो पढ़ेंगे तो ये पूर्ण रूप से पाया गया है कि भगत सिंह जी ने या उनके साथियों ने जो बम विस्फोट किया था उसका कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था और चश्मदीद गवाह नहीं होने की वजह से कई उस समय के जो न्यायाधीश थे न्यायाधीशों ने केस की सुनवाई से मना कर दिया था उसके बाद जैसा अंग्रेजों की जो कॉन्स्प्रेसी होती रहती थी वो षडयंत्र रचते रहते थे उन्होंने उस समय का जो हिंदुस्तान था उस समय का जो दे, भारत देश था उसमें से दो लोगों को ला लोभ लालच और प्रलोभन दे कर के तैयार किया और उन्होंने भगत सिंह की झूठी गवाही दी और झूठी गवाही देने के बाद उनको अकूत संपत्तियां इस देश में बांटी गई और वो संपत्तियों का अगर आप चाहोगे तो उसका हम अगले जो एपिसोड्स आएंगे उसमें उसका पूरा जिक्र ले विवरण ले करके आ सकते हैं वो मेरे पास उपलब्ध है और वो लोग किस विचारधारा से जुड़े हुए थे मैं इस पर भी पूरी आपके तफसी से विस्तार से पूरी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा अभी तो ये यही है कि उनको जो मौत की जो सजा सुनाई गई थी उसमें राजगुरु जी और सुखदेव जी उनके साथ थे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी क्योंकि जॉन के कहने पर ही वरिष्ठ क्रांतिकारी लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था इसके बाद भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा के अंदर दो बम फेंके जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इन सब घटनाओं को लाहौर साजिश का नाम दिया जाता है तो ये जो सारी की सारी जो घटना है ये लाहौर साजिश के नाम से इतिहास में दर्ज है लाहौर में क्योंकि लाहौर के असेंबली में ही ये बम फोड़ा था और उसमें जो है भगत सिंह जी और उनके जो साथियों हैं वो उसके अगर आप डिटेल्स वो पढ़ेंगे तो वो बम फोड़ने के बाद जो है वो गिरफ्तार भी होना चाहते थे ऐसे भी कई सारे वो होते हैं वो बम फोड़ करके भागना नहीं चाहते थे क्योंकि वो अगर आप देखेंगे ये जो डायरी हमें जो वस्तुतः जो बताती है डायरी से हमें जो संदेश जो मिलता है वो जेल में रह कर और जेल में से भी अंग्रेजों के खिलाफ उस मुहिम को जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को की लड़ाई को तेज कर रही थी तो उस समय के जो वो है वो जेल में भी उन्होंने इस तरह के अपने वो बयान वगैरह दिए थे जिससे कि स्वतंत्रता संग्राम जो है वो अपनी गति पकड़ सके इवन जेल के डायरी के जो पन्ने हैं जेल डायरी के जो पन्ने हैं उसमें ये भी ये भी कहा गया है कि उस समय जो अंग्रेज़ जिन भारतीयों को इंग्लैंड की जेलों में जाकर के डाल देते थे वहाँ उनकी जो दुर्दशा थी उसके लिए भी भगत सिंह जी और उनके जो साथी थे वो यहाँ से भारत की जेलों से आवाज़ उठाते थे और उनकी वहाँ जो स्थिति थी उसके बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे तो ये जो था वो दूसरा प्रश्न था जो कि भगत सिंह जी की जो जेल डायरी है उससे लिया गया है तीसरा जो प्रश्न है उस पे हम जब चर्चा करते हैं तो उसका जो स्वरूप है वो आपके सामने है इसमें आप जब देखेंगे तो इसमें जो है भगत सिंह की जी की जो है वो पेजों की संख्या दी हुई है ये डायरी में 404 जो है ये पेज हैं जो कि उस समय साइन किए गए हैं ये उस टाइम जो जेलर हैं उनके साइन हैं और ये जो साइन है ये पूरे जो साइन है फुल साइन भगत सिंह जी के हैं और ये शोट जो साइन है ये भी भगत सिंह जी के हैं और ये जो साइन है ये स्टार्ट में और एंड में दोनों जगह पे दिए हुए हैं तो ये उस डायरी का पहला जो पन्ना है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे वो है जिसमें जो है उसमें डेट पड़ी हुई है कि ये 12 सितंबर उन्नीस को जो है उनको दी गई थी नीचे उसके बारे में उसके जो डिटेल दी हुई है ये भगत सिंह जी के जो है वो साइन है और कॉपी बाय ये अभय कुमार सिंह जो है इनको ये वहाँ पे जब जेल जेल से जो डायरी दी थी उसके बाद जो उसके साइन है और जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि जेल के दौरान अपने अंतिम दो वर्षों में भगत सिंह और उनके साथियों ने भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्रह संघर्ष के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अदालती केस लड़ा ये केस की अगर आप कहानी देखेंगे तो इस केस पे भी कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं कि उस समय के जो नामी वकील थे वो उन्होंने केस लड़ा उस समय के जो नामी वकील थे उसमें एक एक सवाल ये भी आया कि गांधी जी ने भी एक नामी वकील थे गांधी जी ने भगत सिंह जी का केस क्यों के नहीं लड़ा इस तरह के सवाल जो हैं वो हम आगे आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने न केवल अपने क्रांतिकारी संदेशों को फैलाने के लिए अदालत का प्रयोग किया जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उनका जो उद्देश्य था वो बम फोड़ करके भागने का या उससे डरकर भागने का नहीं था उनका उद्देश्य ये था कि वो जब आप अगर इसको देखेंगे मैंने कल आपको जो शेयर किया था इसका जो थम्बनेल जो शेयर किया था उसमें भी लिखा हुआ है कि भगत सिंह जी ने जो बम फोड़ा था वो भैरों को आवाज़ देने के लिए सुना था थोड़ा था ताकि लोग सुन सके तो उन्होंने उस अदालत के उसमें फैलाने का प्रयोग किया बल्कि ब्रिटिश जेलों में क्रांतिकारियों के साथ होने वाले अमानीय सलूक के खिलाफ भी आवाज़ उठाई हालांकि मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी हो गई लेकिन फिर भी अपने अविश्वसनीय संकल्प और विश्वास की वजह से वे आज आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है क्योंकि मैं आपसे शुरू से ही कह रहा था कि आज का युवा आज का हो या स्वतंत्र आंदोलन के समय का हो या बीच में जब भी होता है जब भी आप देखते हैं कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में भगत सिंह के नारे गूंजते रहते हैं इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते रहते हैं तो ये सारी की सारी जो है वो भगत सिंह जी का जो डायरी का जो तीसरा जो पेज है उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके सामने रखी गई है आगे जो पेज है उस पेज के बारे में हम बात करते हैं तो ये प्रस्त दो है और ये जो दो दो प्रश्न है इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है इसकी जब लिखा था तो केवल इसमें दो मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं और इन मेजरमेंट में लिखे हुए हैं ज़मीन के माप ज़मीन के माप जो लिखे हुए हैं उसमें जर्मन जो बीस एकटर होता है वो 50 एकड़ अर्थात एक एकटर ढाई एकड़ का होता है ये उन्होंने जो है जमीन की इसमें माप का दिया हुआ है और इसी में ऊपर आपने देखा फुटनोट दो फुटनोट बने हुए एक ये एक नंबर का फुटनोट ये और एक दूसरे नंबर का फुटनोट ये पहले नंबर का जो फुटनोट है वो रेफर करता है कि नोटबुक की पृथ्वी संख्या टाइटल प्रश्न से गिनी गई है मतलब उसका जो पहला जो पेज है उससे गिनी गई है कोष्ठक में दी गई संख्या उन प्रश्नों की है जिन पर लिखा हुआ है उदाहरण के लिए प्रश्न दो दो के बाद तीन प्रश्न सादे हैं और असली अगली लिखावट प्रश्न छः पर और इसके तीन पर नोटबुक में बीच बीच में कुछ प्रश्न नहीं है तथा कई प्रश्न खाली छोड़े गए हैं कुछ कुल एक सौ पर भगत सिंह ने नोट्स लिए हैं दूसरा जो फुट नोट है उसमें ये कहा गया है नोटबुक के प्रश्न दो पर जमीन की माप संबंधी सिर्फ इन्हीं दो इकाइयों हेक्टेयर और एकड़ के आपसे तुलनाकित है ये जो है डायरी का दूसरा है बाकी के कुछ पेज जो हैं इसके बाद के खाली है तो ये सेकंड पेज है जो कि उन्होंने सिर्फ इसमें जो है दो लाइनें लिखी हुई है यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि उनके बारे में ऐसी कई बातें हम सभी जानते हैं पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगत सिंह ने जेल में रहते हुए चार किताबें लिखी थी कितनी किताबें लिखी थी चार हालांकि उनके द्वारा लिखी गई सभी किताबें नष्ट हो गई या नष्ट कर दी गई ये जो चारों की चारों जो किताबें हैं वो कभी प्रकाश में नहीं आ सकी कि भगत सिंह ने उन चार किताबों में क्या लिखा था पर जो दस्तावेज है वो दस्तावेज ये मिलते हैं के भगत सिंह जी ने चार किताबें उस समय लिखी थी पर वो या तो नष्ट कर दी गई या वो छुपा दी गई पर जो उनकी याद के तौर पर बच गई है वह है उनकी जेल की डायरी जो हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है वह डायरी जिसमें उन्होंने कविताएं लिखी नोट्स बनाए और साथ ही कुछ बेहतरीन लेखकों की कुछ अच्छी पंक्तियां भी लिखी हैं ये डायरी सितंबर 1929 से मार्च उन्नीस के बीच लिखी गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्य को सौंप दी गई जैसा कि हमने पिछले वाले जो पेज है उस पे आपको बताया था कि वहां उनके जो भतीजे अभय सिंह जी का जो है साइन है जिसको वो डायरी दी गई आगे के प्रश्न पर हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि डायरी का जो पेज छः है और यहाँ पे जो है उसको हम तीन गिना रहे हैं क्योंकि जो तीन चार और पाँच ये तीनों जो है वो खाली छोड़े हुए हैं और इसमें उन्होंने जो उस समय की जो पहली जो उनकी जो एंट्री थी वो जमीन के नाप से संबंधित थी जो एक्टेर को एकड़ को उसको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है उसी से जुड़ी हुई यहाँ पे एक उनका जो एंट्री है उसमें संपत्ति से मुक्ति के बारे में उन्होंने लिखा है संपत्ति की स्वतंत्रता जहाँ तक छोटे पूंजीपति और किसान संपत्ति धारकों का सवाल है संपत्ति से मुक्ति बन गई विवाह अपने आप में पहले की बातें ही वैश्यावर्ति का कानूनी तौर पर स्वीकृत रूप और औपचारिक आवरण बना रहा ये जो स्टेटमेंट उन्होंने जो लिया है ये उस समय एक किताब थी सोशलिज्म साइंटिफिक एंड यूटोपिया ये उससे उन्होंने लिया है और इससे आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह जी जो इशारा जो कर रहे हैं वो महिलाओं की जो स्थिति है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि जो विवाह जो है विवाह एक तरह से वैश्यवृत्ति के कानून के तौर पर स्वीकृति के रूप में था मतलब औरतों की जो इच्छा है महिलाओं का जो इच्छा का जो सम्मान है उसके लिए भगत सिंह के मन में औरतों को अधिकार दिलाने के लिए बहुत कुछ था और उन्होंने ये स्टेटमेंट जो लिखा है शायद हमारी जो माँ बहने हैं उनकी जो स्थिति आज भी जो दयनीय स्थिति बनी हुई क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्म का जो एक स्वरूप जो है वो जो धर्म का स्वरूप है वो शोषणकारी स्वरूप है उसमें महिलाओं को कहीं पे भी ना कोई अधिकार है ना कोई इनकी कोई व्यक्तिगत सम्मान है ना उनकी आवाज़ को कहीं सुना जाता है और अक्सर जो हमें जो शास्त्रों के माध्यम से आप उसमें देखते हैं तो धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के शोषण की जो बात है तो वो महिलाओं के शोषण की बात प्रकाश आज भी वो धर्म ग्रंथ जो है वो आप सब हम के द्वारा पढ़े जाते हैं और उनके ऊपर शायद कोई प्रतिक्रिया नहीं आती पर भगत सिंह जी के मन में उस समय जो थी वो सारी बातें ये आती हैं दूसरी उनकी जो एंट्री है वो दिमागी गुलामी को लेकर के है एक शाश्वत सत्ता ने मानव समाज को वैसा ही रचा जैसा वह आज है तथा श्रेष्ठतर और सत्ता के प्रति समर्पण देवी इच्छा से ही निम्नतर वर्गों पर लागू किया गया है उपदेशक गण उपदेश मंच प्रेस की ओर दिए जाने वाले इस संदेश ने आदमी के दिमाग को समोहित कर रखा है और ये शोषण के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है ये जो है उन्होंने ओरिजिन ऑफ द फैमिली नामक किताब की जो भूमिका है अनुवाद की भूमिका है उसमें से इन्होंने लिया है और ये उनके बारे में जो सत्ता के प्रति उनके मन में जो था और जिस तरह की सत्ता और आदमी के, के प्रति उनका जो व्यवहार था सत्ता में सत्तासीन लोगों का या हुक्मरानों का उसके प्रति ये एक भाव उनका दर्शाता है प्रश्न संख्या चार पर उन्होंने एंजल्स की जो किताब है ओरिजिन ऑफ फैमिली जो कि ऊपर भी उन्होंने ये लिखी है उसी में से उन्होंने कहा कि आदिम समाज के इतिहास में एक तर्कसंगत व्यवस्था प्रस्तुत करने का प्रयास सबसे पहले मॉर्गन ने किया है वह इसे तीन युगों में बांटता है जो आ, आ, आ, आदिवासी समाज का जो इंडिजिनियस पीपुल्स का जो आ, म, के बारे में उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा कि जो मोर्गन ने उस समय पर जो लिखा है वो जो है उसको तीन युगों में बांटता है पहला है असभ्यता दूसरा है बर्बरता और तीसरा है सभ्यता इसी में वो असभ्यता को फिर से तीन अवस्थाओं में विभाजित करते हैं निम्नतर मध्य और उच्चतर असभ्यता का निम्नतर अवस्था जो है मानव जाति की से को वो मानते हैं और इसमें जो रेफ्रेंसेज जो दिए हुए हैं उसमें फेडरिक एंजल्स की किताब है समाजवाद काल्पनिक एवं वैज्ञानिक और फेडरिक एंजल्स की एक दूसरी किताब है परिवार निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति ऐसे ही लुइस एच मोर्गन की जो किताब है अठारह सौ में लुइस का जन्म हुआ अठारह में उनकी डेथ हुई और अमरीकी समाजशास्त्री जिन्होंने 1877 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्राचीन समाज एनशियंट सोसाइटी सो, एंड रिसर्चेज इन द लाइन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस फॉर सो सोवर्जी एंड बारबर सिविलाइजेशन में लिखा है कि विस्तृत सामाजिक अध्ययन के, के आधार पर इतिहास के विकास की भौतिकवादी धारणा को पुष्ट किया है और एंजल्स ने अपनी पुस्तक परिवार निजी संपत्ति और राज की संपत्ति में लिखने में मॉर्गन द्वारा सामग्री को आधार बनाया गया तो ये इनका जो है चौथा जो है प्रस्त है इसमें आप अगर देखते हैं तो दे, जो भगत सिंह जी की जो जेल डायरी है उसके बारे में उसमें जो जितनी भी एंट्रीज हैं उन एंट्रीज को हमने आगे दिखाने की कोशिश की है तो उसमें भगत सिंह जी ने जिस भाषा का जो इस्तेमाल किया है वो अंग्रेजी और उर्दू का काम इस्तेमाल किया है उन्होंने ज़्यादातर जो है डायरी जो लिखी है वो अंग्रेजी में लिखी है और उसमें कुछ जगह जो है वो उर्दू में भी लिखी हुई है ये कोई आम डायरी नहीं है उर्दू और अंग्रेज़ी में लिखी गई इस डायरी के पन्ने अब पुराने हो चले हैं लेकिन इसमें दर्ज एक एक शब्द सरफरोशी की समा जला देते हैं हम बात कर रहे हैं सईद आजम भगत सिंह की उस ऐतिहासिक दस्तावेज़ का जिसे उन्होंने अपने आखिरी दिनों में लाहौर पाकिस्तान में लिखी थी और बाद में वो प्रकाशित हुई थी ये डायरी आपको एक बात और बता दूँ कि जो डायरी जो है ये प्रकाशित जो हुई थी इस प्रकाशित होने के पीछे भारत का या भारत के लोगों का कोई कोई रोल नहीं है इस डायरी की सबसे पहले जो चर्चा थी वो रूस के एक इतिहासकार ने की है और उन्होंने इस डायरी के बारे में रूस में अपनी एक किताब लिखी थी लेनिन एन इंडिया उसमें एक चैप्टर लिखा था इस डायरी के बारे में और आप उनकी देखिए उनकी जो उनका समर्पण है जो रूसी विद्वान है उनका समर्पण है वो इस डायरी की जब खबर उनको कहीं से मिली थी वो रूस से चलकर जहाज से इंडिया आए थे और इंडिया में आकर के जो भगत सिंह जी के जो भतीजे थे उनसे सबसे पहले उन्होंने वो डायरी जो है देखी थी और देखने के बाद आप देखिए उनका उनकी जो सोच है वो कितनी बड़ी थी उन्होंने उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो है वो जवाहर नेहरू मेमोरियल जो लाइब्रेरी है तीन मूर्ति दिल्ली में उसकी एक फ़ोटो कॉपी उन्होंने वहाँ रखवाई थी और उसको उसमें से जब उनको पढ़ करके और उन्होंने वहाँ जाकर के वापस रूस गए और रूस जाकर के उन्होंने उस डायरी के ऊपर एक पूरा का पूरा एक चैप्टर लिखा था उस किताब में लेनिन एनिनिया में जिसकी चक्र चर्चा हम दूसरे वाले स्लाइड में करेंगे इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो डायरी का जो छः नंबर का जो प्रश्न है उसमें उन्होंने जो आदिम सभ्यता की जो बात कर रहे थे या सभ्यता की बात कर रहे थे जो उन्होंने जो रेफरेंस है जो दिए थे उसमें वो पेड़ों पर रहना भोजन था फल गिरी फल कंदमूल ये आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं सुसंगत बोली का विकास इस काल की प्रधान उपलब्धि है मध्य अवस्था में जो वो बात कर रहे हैं उसमें आग की खोज हुई जो उन्होंने आदिवासियों ने किया फिर मछली को भोजन के रूप में प्रयुक्त किया शिकार के लिए पत्थर के औजार आविष्कृत किए और मानव मांसभक्षण अस्तित्व में आ जाता है तीसरी जो बात लिखते हैं वो लिखते हैं उच्चतर अवस्था की बात जिसमें धनुष्माण गुलाड़ी नहीं ग्रामीण बस्तियाँ घर बनाने में इमारती लकड़ी का इस्तेमाल कपड़े बुने जाने लगे असभ्यता की अवस्था में धनुष्माण के वैसे ही थे जैसे बर्बरता की अवस्था में लोहे की तलवार और सभ्यता की अवस्था में आग्नेयास्त्र यानी प्रभुत्व के हथियार थे ये उन्होंने अपने जो है चौथे पेज का ही जो है उसमें लिखा है और ये पाँचवें पेज में वो बरबरता के बारे में लिखते हैं कि निम्नतर अवस्था में कुलाड़ी का आरंभ हुआ पहले लकड़ी के बर्तनों पर मिट्टी के परते चढ़ाई जाती थी लेकिन बाद में चलकर मिट्टी के बर्तन आविष्कृत कर लिए गए मानव जातियों दो दो स्पष्ट रूपों में विभाजित थी पूर्वी जो मानव जानवर पालती थी और अनाज पैदा करती थी पश्चिमी जिनके पास सिर्फ मक्का था तीसरी जो अवस्था है उसमें मध्य अवस्था की जब बात करते हैं पश्चिमी गोलार्ध अर्थात अमेरिका के वे खाद्य फसलें उगा उगाते थे खेती और सिंचाई से संबंधित थे घर बनाने के लिए ईंट पकाते थे पूर्व में दूध मांस के लिए पशुपालन करते थी इस अवस्था में कोई खेती नहीं थी तीसरी जो अवस्था थी उसमें उच्चतर अवस्था की बात करते हैं कच्चे लोहे का गुलाना दस्तावेज लिखने के लिए अक्षर लिपि का विकास और उसका इस्तेमाल इस अवस्था में अनेक आविष्कार होते गए यौनानी नायकों का यही काल था बड़े पैमाने पर मक्का की खेती करने के लिए पशुओं द्वारा लोहे के हल खींचे जाते थे जंगलों की कटाई लोहे की कुलाड़ियाँ और लोहे की कुदाल इस्तेमाल आने लगी ये यहाँ पे जो है रेफरेंस जो दिया है या भगत सिंह ने हाशिए पर लिखा है वेनिजन शिकार से प्राप्त पशु मांस ये उन्होंने का जो है चौथा और पांचवा पेज है यहाँ पे हम जो आपको पिछली उसमें जो बात कर रहे थे उसको हम आपको और विस्तार से बताना चाहते हैं कि रूसी विद्वान जो थे एल मित्रोकिन वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन्नीस में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेलिन एन इंडिया में पहली बार भगत सिंह की दुर्लभ जेल डायरी के अंश प्रकाशित किए थे पर इससे पहले भी ये डायरी उन्नीस में एम एल वी ने फरीदाबाद में रह रहे भग, भगत सिंह के भाई कुलवीर सिंह के पास देखी थी जैसा कि मैंने बताया वो रशिया से जो है इंडिया आए थे इस डायरी के लिए 1977 में और फिर उन्नीस में आकर के उन्होंने इसका एक जो अध्याय है वो अपनी किताब में लिखा था जिसका नाम था लेलिन इन इंडिया इस किताब में इन्होंने एक इसका पूरा चैप्टर लिखा था अब हम भगत सिंह की उस ऐतिहासिक जेल नोटबुक की पर चर्चा पर आते हैं जो पहली बार उन्नीस में, में जयपुर में इंडियन बुक क्रॉनिकल में पहली बार इंडिया में जो ये किताब जो पब्लिश हुई उसको प्रकाशित करने का श्रेय जयपुर को है और वो उन्नीस में क्रॉनिकल में, में एमआरटीएस नोटबुक के नाम से प्रकाशित हुई थी और इसका संपादन जो है वो भूपेंद्र भूजा ने किया था इस डायरी के आरम्भ में दी गई परिचयात्मक टिप्पणी के अनुसार इसकी अस्तलिखित डुप्लीकेट प्रतिलिपि एक पैकेट के रूप में पहली बार जीवी कुमार हुजा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के तत्कालीन कुलपति को उन्नीस में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के दौरे के समय स्वामी शक्तिवेश से मिली थी ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो रूसी जो वैज्ञानिक थे रूसी जो विद्वान थे मित्रोखिन इन्होंने भगत सिंह के जो भतीजे से या भाई से जो है वो किताब को देखा और देखकर के उसकी एक कॉपी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में, में, में रखवाई उसके बाद ये कॉपी कहीं हरिद्वार गुरकुल कांगड़ी के कुलपति के पास मिली और इसको छापने का जो श्रेय है वो जयपुर को है कि जयपुर ने सबसे पहले इस किताब को उन्नीस में, में छापा आगे जब हम इस पे बात करते हैं तो देखते हैं कि ये महान उपलब्धियों के बारे में ये बात करते हैं लोहे के उन्नत औजार बनने की बात करते हैं भाथियाँ जानता कुमार का चाक तेल और शराब निकालना दांतों की ढलाई गाड़ी और रथ जहाज निर्माण प्रश्नों पर फिर वो लिखते हैं कलात्मक वास्तुशिल्प शहर और कला का निर्माण होमर युग संपूर्ण मिथक शास्त्र इन उपलब्धियों के साथ ही यूनानी तीसरी अवस्था सभ्यता में प्रवेश कर जाते हैं और संक्षेप में असभ्यता बर्बरता, सभ्यता ये सारी बातों का जिक्र करते हैं इस प्रकार हमें मानव विकास की तीन अवस्थाओं के आमतौर पर मेल खाते हुए परिवार के तीन मुख्य रूप मिलते हैं है सभ्यता के काल में यूथ विवाह बर्बरता के काल में युग्म विवाह सभ्यता के काल में एक विवाह ये व्यविचार और वैश्यावृत्ति के समान उसको मानते हैं ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर भगत सिंह जी ने जो नोट लिया है वो बहुत बहुत ध्यान ध्यान देने वाला है यहाँ पे वो विवाह को जो है वो एक आदिम स्थिति का जो विवाह है उसको वो नारी की बराबरी का विवाह मानते हैं फिर युग्म विवाह को भी वो जो है बरबरता काल में भी नारियों की स्थिति को अच्छी मानते हैं पर जब सभ्यता का जो काल हुआ तो यहाँ एक विवाह के साथ साथ व्यवचार और वैश्यावृत्ति की बातों को वो करके शादी जैसे विवाह और एक की बरवरता की जो कहानियाँ हैं उसको दासियों के ऊपर पुरुषों का शासन और बहुपत्नी विवाह का प्रवेश हो जाता है ये सारी बातें वो नोट करते हैं अपनी डायरी के छठवें पृष्ठ में ऐसे ही वो सातवें पृष्ठ में विवाह के दोष के बारे में बात करते हैं खासतौर से एक दीर्घकालीन लगाव दस मामलों में से नौ में व्यविचार का एक पक्का प्रशिक्षण स्कूल होता है जो वो विवाह के बारे में बात करते हैं समाजवादी क्रांति और विवाह संस्था के बारे में वो अपने नोट्स लेते हैं और वो कहते हैं अब हम एक ऐसी सामाजिक क्रांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक विवाह का वर्तमान आर्थिक आधार उतने ही निश्चित रूप में और ये आगे के प्रश्न पे आपको पढ़ने को मिले मिट जाएगा जितने निश्चित रूप में एक विवाह के अनुपूरक का विषयावृत्ति का आर्थिक आधार मिट जाएगा एक विवाह की प्रथा एक व्यक्ति के और वह भी एक पुरुष के हाथों में बहुत सा धन एकत्रित हो जाने के कारण और इस इच्छा के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी कि वह यह धन किसी दूसरे की संतान के लिए नहीं केवल अपनी संतान के लिए छोड़ आए इस उद्देश्य के लिए स्त्री की एकनिष्ठता आवश्यक थी पुरुष की नहीं इसलिए नारी की एकनिष्ठता से पुरुष के खुले या छिपे बहुप्रतिनिधित्व में कोई बाधा नहीं पड़ती थी परंतु आने वाली सामाजिक क्रांति स्थायी दयाध्य धन संपदा के अधिकतर भाग को यानी उत्पादन के साधनों को सामाजिक संपत्ति बना देगी और ऐसा करके संपत्ति की विरासत के बारे में इस सारी चिंता को अल्पतम कर देगी पर एकनिष्ठ निष्ठ के आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ इसलिए क्या इन कारणों को मिट जाने से भी मिट पाएगा ये यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं आगे जैसा मैंने आपसे कहा कि वो एक कवि के रूप में भी अपना उपस्थिति दर्ज करवाते हैं तो उमर खयाम की उन्होंने जो है वो ये वो लिखे हुए हैं भर प्याला हे प्रिय मेरे जो दूर करे आज विगत के दुख और आगत के बह को कल क्यों कल हो सकता है मैं हो जाऊं सात हज़ार वर्षों के कल कातीत फिर आगे वो लिखते हैं यहाँ घने गाछ के नीचे साथ में रोट रोटी मदरा की सुराई शायरी की किताब और तुम गा रही बगल में मेरे इस निर्जन भीड़ में अब तो स्वर्ग बनाकर यह निर्जन भीहड़ी है राज के बारे में ये एक नोट्स लेते हैं और राज की पूर्व अपेक्षा है कि वह बलप्रियो की एक सार्वजनिक सत्ता जो अपने सदस्यों के संपूर्ण निकाय से पृथक हो चुकी है ये एंजल्स की जो है उसमें से वो लेते हैं और एंजल्स की जो किताब है उसमें परिवार निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति और उसी का संदर्भ यहाँ पर लेते हैं आज हम आखिरी जो प्रश्न है आज का उस पर हम बात करेंगे और उसके बाद जो है हम उसको कल देखेंगे इसमें राज की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने जो नोट्स लिया है वो आपके यहाँ आप इसको देख सकते हैं पुराने ज़माने में काबिलों के बीच कबीलों के बीच होने वाले युद्धों द्वारा भ्रष्ट होते हुए नया रूप धारण जीविकोपार्जन उपार्जन के साधन के रूप में ढोर दास धन दौलत लूटने के लिए जमीन पानी के रास्ते से बाकायदा धावे संक्षेप में धन दौलत की दुनिया को सबसे बड़ी चीज़ समझा जाने लगा उसे प्रशंसा और आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा पुराने गोत्र समाज की संस्थाओं और प्रथाओं को भ्रष्ट किया जाने लगा ताकि धन दौलत की जबरदस्ती लूटना कुछ ठहराया जा सके ये जो आज जो हो रहा है ये तब भी हो रहा था अब केवल एक चीज़ दरकिनार थी ऐसी संस्था की जो न केवल अलग अलग व्यक्तियों की नई हासिल की हुई संपत्ति को गोत्र व्यवस्था की पुरानी सामुदायिक परंपराओं से बचा सके जो निजी स्वामित्व को जिसको पहले अधिक प्रतिष्ठा नहीं थी न केवल पवित्र करार दे और इस पवित्रता को मानव समाज का चरम लक्ष्य घोषित कर दे, बल्कि जो संपत्ति प्राप्त करने और इसलिए धन दौलत के लगातार बढ़ते रहने के नए और विकसित होते हुए तरीकों को सार्वजनिक मान्यता की मुहर भी लगा दें ऐसी संस्था की जो न केवल समाज के नवजात वर्ग विभाजन को बल्कि संपत्तिवान वर्ग द्वारा सम्पत्तिन वर्ग के शोषण किए जाने के अधिकार को संपत्ति हीन वर्ग पर संपत्तिवान वर्ग के शासन को भी स्थाई बना दे यह संस्था भी आ चुकी है राज्य का आविष्कार हुआ है जो राज्य सत्ता का जो की जो आलोचना है वो चाहे अंग्रेज सत्ता हो या दूसरी सत्ताएं हो भगत सिंह सबके बारे में जो है उनका विरोध करते हैं एक अच्छी सरकार की परिभाषा के बारे में वो कहते हैं अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प कभी नहीं हो सकती हेनरी कैंपवेल का वो स्टेटमेंट लेते हैं और हमें यकीन है कि सरकार का केवल एक ही रूप है चाहे इसे जिस नाम से पुकारा जाए जिसमें अंतिम नियंत्रण जनता के हाथों में होता है अर्ल ऑफ वालफोर की का वो स्टेटमेंट लेते हैं और ये तीन रेफरेंसेस में देते हैं एंजिल्स परिवार की संपत्ति के बारे में सर हैंनरी कैंपवेल की उसकी उदार ब्रिटिश उदारवादी राजनेता के बारे में और संभवत आर्थर जेम्स के बारे में ये उनके नोट्स लिए हुए हैं जो कि उनकी जेल की डायरी में अंकित है आगे हम जो प्रश्न संख्या 10 से आगे दूसरी दूसरे सेशन में उसको हम शामिल करेंगे तब हम आपको डिस्कस करेंगे कि डायरी के आगे के पन्नों में भगत सिंह जी के किस तरह के जो विचार हैं वो सामने आते हैं या सामने आए हैं उसको आप देखते रहिएगा आपने इसको देखने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जो मोटिवेट किया आपने सुना उसके लिए शुक्रिया आगे की क्लास के लिए हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे धन्यवाद